वफादारी करोगे तो जान भी दे सकता हूं मगर गद्दारी पर तुम्हारी जान भी ले सकता हूं और मैं अच्छा हूं उनके लिए जो मुझे चाहते हैं और जो करते हैं दुश्मनी मुझसे वो मर जाते हैं